बिल्ला बिल्लाई तो भंग पिला देना। भंग बिल्ला जादू तू भरी है तेरी भंगी आई प्रेम से खिला भंग दे। भोड़े के रंग में रंगा सा दोस्तों मेरा नाम है नीरज गुरु अभी अभी मैंने यूट्यूब पे अपना नया चैनल बनाया है उसका नाम है नीरज नागा टीवी बस आपका एक बोर्ड चाहिए मुझे नीचे लाल बटन पे बस क्लिक कर देना इतना ही है ओके गुड नाइट फ्रेंड